नमस्कार स्वागत अभिनंदन मेष राशि के जातकों नवंबर का यह माह आप लोगों का कैसा बीतेगा इस माह को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग कौन कौन से इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों इस माह में सबसे ज्यादा अनुकूल दिवस कौन कौन से, प्रतिकूल दिवस कौन -कौन से इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे आगे बढ़े दर्शकों हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्न होते है की कि ये किस पर तैयार है तो देखिये हम अपने शास्त्रों को लेकर चलते हमारा शास्त्र कहता है की देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि ना नाम राशी ना है। तो ये चंद्र राशि पर आधारित है आपकी जन्म राशि पर आधारित है आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी स्थिति में होगा जिस भी जो है घर में होगा जिस भी राशि में होगा वो आपकी राशि होगी तो दर्शकों चंद्र राशि पर ये राशिफल आधारित है आगे बढ़े बताना चाहेंगे 16 और 17 तारीख को मुंबई में आगमन हो रहा है जो भी दर्शक मुंबई से हैं अपने अपने अपॉइंटमेंट आप लोग बुक करा सकते हैं 23 और 24 नवंबर को दिल्ली आगमन हो रहा है तो इच्छुक दर्शक जो कोई दिल्ली से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं दर्शकों राशिफल जो हम बता रहे हैं आपको ये हंड्रेड परसेंट हो ये बिल्कुल जो है ए, सही नहीं है ये आपके ऊपर 100% इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि आपके जीवन में क्या चल रहा है वास्तविक स्थिति आपकी जन्म कुंडली को देखने के बाद ही पता चलेगा आपकी जन्म कुंडली क्या है आपकी महादशा कौन सी चल रही है उसकी अंतर्दशा क्या चल रही है योगनी दशा क्या चल रही है आपके सब डिविजनल चार्टिस्ट क्या कह रहे हैं आपके जीवन में किन क्षेत्रों से संबंधित परेशानी आ रही है जैसे विवाह से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो लग्न कुंडली के साथ साथ उसका जो सब डिविजनल चार्ट होता है में जाना पड़ता है। आपकी कारकांस क्या कहती है? क्या कहती है तो काफी कुछ चीजें देखिए दर्शकों निर्भर करता है आपकी वास्तविक कुंडली पर यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो टेलीफोन के माध्यम से भी आप विश्लेषण करवा सकते हैं और हमसे मिलकर भी करवा सकते हैं ये राशिफल बेसिकली दर्शकों जो आधारित है ये हमने आपको बता दिया कि ग्रहों की जो स्थितियाँ रहेंगी इन पर रहेगा चंद्रदेव को भी हमने यहाँ पर मानक मान लिया है आपके जन्म कुंडली में नक्षत्रों का बहुत मेजर रोल रहता है तो हर एक चीज़ एक राशिफल में इम्प्लीमेंट करना मुमकिन नहीं है दर्शकों तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या कहती है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं राहुदेव जो रहेंगे राहुदेव तीन नंबर जो लिखा हुआ है ये पराक्रम का घर होता है ये छोटे भाई बहनों का घर होता है ये आपके गुप्त शत्रुओं का घर होता है तो राहुदेव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं सूर्य नीच के हैं सत्रह तारीख तक की सूर्य बुद्ध मंगल देख लीजिए यहाँ सात नंबर यहाँ पर हैं आठ नंबर में शुक्र हैं आपके अष्टम में भाग्य के घर में देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो गया है तो देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ और केतु के साथ स्वराशि में धनु राशि में आ गए हैं 13 नवंबर को मंगल तुला राशि में देखिए प्रवेश करेंगे वक्री बुद्ध 17 नवंबर को मार्गी होकर तुला राशि में भ्रमण करेंगे गुरु के बारे में हमने बता दिया कि धनु राशि में है शुक्र 21 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेगा जो आठवा है स्थान यहाँ से आकर के ये फिर जो है धनुराशि में आएगा और शनि के बारे में बता दिया कि यथावत ही रहेंगे इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर और मेन सबसे मेजर रोल रहता है चंद्रमा का सवा दो दिन में एक अच्छा चेंज करता है तो चंद्रमा को मानक मान करके नवंबर माह का ये राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए हमने तैयार किया हुआ है तो दर्शकों यदि एक शब्द में कहा जाए तो मेष राशि वालों के लिए यह माह जो रहेगा ये मध्यम कहा जाएगा बेवजह कि आपको यात्राएँ करनी पड़ सकती है और खास करके धार्मिक यात्राएँ करनी पड़ सकती है धार्मिक यात्राएं क्यों करनी पड़ेगी देखिए जो भाग का स्थान होता है जो नौम स्थान होता है यहाँ गुरु आ गए गुरु क्या है दर्शकों गुरु हैं ज्ञान गुरु हैं आपके अध्यात्म गुरु हैं आपके जो है तीर्थ यात्रा गुरु है आपके अंदर के जो है जो पूजा पाठ आप लोग करते हैं जो आपके अंदर भक्ति आती है वो गुरु लाते हैं तो अपने घर में गुरु का आना आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा भाग्य का साथ कहीं ना कहीं अभी तक जो शनि और केतु के कारण नहीं मिल पा रहा था तो इस माह भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा एक बात बताना चाहेंगे जो ये नम भाव होता है ये साक्षात्कार का भी होता है यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं दर्शकों मेत राशि के जात तो आपको इंटरव्यू में भी सफलता प्राप्त हो सकती है विदेश भ्रमण का भी योग बन रहा है एक बात और बता देंगे कि इस माह दर्शकों, चूंकि गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं गुरु आपके भाग्य के घर के स्वामी होते हैं और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं तो आपको खर के अधिक करना पड़ेगा दूसरा दर्शकों यहां पर बताना चाहेंगे कि बे की बेवजह की यात्राएं करनी पड़ेगी वही ससुराल पक्ष से कुछ आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा इस माह अकार आपके पैसे दूसरे मदों में खर्च होंगे वाहन का सुख इस समय आपको प्राप्त हो सकता है निवेश के नए नए अवसर आपके पास आएंगे ही आएंगे अभी तक जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था आपको भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन दर्शकों जहां ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी वहां घरेलू जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है आर्थिक पक्ष यह माह आमदनी के लिहाज से ठीक रहेगा पैसा आएगा लेकिन आपके पैसे अचानक से खर्च होंगे कैसे खर्च होंगे वाहन आपने कोई क्रय कर लिया मोटा अमाउंट जाएगा तो इन सब चीज़ों को आपको जो है देखना रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो शुक्र देव चूंकि अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं तो लीवर से जड़ित कोई जो है रोग आपको हो सकता है लीवर की समस्या या आप परेशान हो सकते हैं और आपको कुछ मौसमी बुखार हो सकता है दर्शकों इसके साथ साथ बताना चाहेंगे पंचमे सूर्य जो बनते हैं ये एक से लेकर के सत्रह तारीख तक की नीच के रहेंगे इट मीन्स जो पंचम स्थान होता है ये आपके बुद्धि का होता है ये आपके विद्या का होता है ये आपके संतान का होता है तो संतान को कहीं ना कहीं कष्ट आता हुआ मेष राशि के जात को दिखाई पड़ रहा है आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे दूसरा दर्शक को बताना चाहेंगे कि ये जो पंचम स्थान होता है हार्ट से रिलेटेड हृदय रोग से संबंधित चीजों का विचार कर जो किया जाता है तो कोशिश कीजिएगा आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखिएगा किसी के ऊपर क्रोध मत करिएगा वैसे भी आप लोग जो है गुस्सा आपके जो है नाक पर रहता तो है तत्व की आप लोग राशि हैं तो अपने क्रोध को आपको काबू में करना रहेगा पंचम स्थान जो होता है ये आपके लव लाइफ का भी देखा जाता है प्रेम संबंध का भी देखा जाता है तो आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर विश्वास नहीं होगा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सख की सुई सख काड़ा बैठेगा तो पंचम स्थान के लॉट सप्तम स्थान पर आकर के नीच के होगा सप्तम स्थान होता है विवाह का तो वैवाहिक स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी अकारण ही ग्रह क्लेस होगा आप ऑफिस से आएंगे ऑफिस से आने के बाद जीवन साथी के ऊपर अकारण ही बिना किसी बात के बिफर पड़ेंगे तो ये सब चीज़ें देखिए दर्शकों अच्छी नहीं रहेंगी इन सब चीज़ों से आपको बचना रहेगा आपको अपने पार्टनर के ऊपर रहेगा कोई जो आपका वर्षों से चला आ रहा रिश्ता है इसमें आप ब्रेकअप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो ये चीजें हमने आपको बता दी है दर्शक को आपको इन चीजों से बचना रहेगा देखिए ज्योतिष क्या होता है ज्योतिष नेत्र होता है कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा ये चीजें हम बताए दे रहे हैं और ये ग्रह स्थितियां कराएंगी ही कराएंगी तो बेहतर रहेगा कि आप इनसे बचे अंत में जो हम प्रयोग बताएंगे उस प्रयोग को भी आपको देखिए दर्शकों करना रहेगा दर्शकों आगे बढ़े लेकिन आप लोगों से अपील है प्लीज हमारे इस चैनल को देखिए फटाख से सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए ये वीडियो इतनी मेहनत से बन रहा है तो इस वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और हमारे इस एस्ट्रोमीद आशीष परिवार के एक मेम्बर हैं शिवम जी उनका एक अपना चैनल है राजनीति से जुड़ा हुआ चैनल है काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें राजनीति से पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बताते हैं आप लोगों को जो है हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको जा करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तो दर्शकों और क्या होगा करियर व व्यवसाय में नए प्रयोग करने का अब समय है आपके लिए क्योंकि अब देव गुरु बृहस्पति आपको भाग्य का साथ देंगे नौकरी वाले लोगों के लिए आरामदायक समय कहा जा सकता है दर्शकों अब चलते हैं डेट वाइज तो एक से चार नवंबर तक की सुख की जो है सुख एवं धन संपत्ति प्राप्ति का योग बन रहा है आपको कष्टों से कुछ मुक्ति प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आपके जो सुख के साधन हैं, विलासता के साधन है, है भोग के साधन है इसमें आपकी वृद्धि होगी परिवार से ससुराल से आर्थिक सुख और सहयोग प्राप्त होगा शिक्षा में आपके रुचि आएगी पाँच से सात नवंबर तक की धन हानि होगी विशेष दिन में पाँच छः सात तारीख को किसी को धन मत दीजिएगा दांपत्य एवं पारिवारिक सुखों में बाधा रहेगी संतान के प्रति आपको चिंता रहेगी भूमि भवन के कार्य में हानि हो सकती है पद प्रतिष्ठा के लिए सचेत रहिएगा किसी भी प्रकार का अगर आप सरकारी क्षेत्र में है तो घूस इत्यादि मत रहिएगा 17 तारीख तक की सूर्य जब से नीचे है 8 से 21 नवंबर इक्कीस हो हो होती हुई नजर आएगी प्रशासनिक लाभ मिलेगा दाम्पत्य जीवन के विवाद आपके समाप्त होंगे रोगों से छुटकारा मिलेगा इक्कीस तारीख से लेकर के मास के अंत तक की कठोर परिश्रम करने के उपरांत भी कुछ मामले में आपको जो है प्राप्त नहीं होगी जिससे मन आपका चिंतित रहेगा। का जो है माध्यमों से हानि होगी शरीर आपका कुछ रोगग्रस्त हो सकता है यात्राओं के दौरान किसी बहुमूल्य वस्तु की हानि हो सकती है आपके ऊपर कोई अच्छे वगैरा लग सकता है शुक्र देव जैसे ही देवगुरु बृहस्पति के जो है घर में प्रवेश करेंगे तो भाग्योन्नति में रुकावट आएगी आपके भाइयों से मतभेद हो सकते हैं लेकिन आप उन पर जो है बीस पड़ेंगे मित्रों से व्यवहार में हानि होगी लंबी दूरी की कुछ यात्राओं को यदि आप निरस्त कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा अचानक से यदि आपने कहीं पूत में निवेश किया होगा तो शनि की तीसरी दृष्टि देखिए इनकम के, के घर पर आय के घर पर पड़ रही है तो यहाँ पर आपको पैसा वापस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहीं पर जो है सूर्यदेव जैसे 18 तारीख के जो है सत्रह तारीख के बाद से जो है ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे आप यकीन मानिए मंगल जो है अपने घर को देख रहा है तो जो मान सम्मान में आपके क्षति हुई होगी ये आपको वापस मिलती हुई दिखाई पड़ेगी दर्शकों हम आपको कुछ डेट्स नोट करा रहे हैं आप लोग इसको प्लीज नोट कर लीजिए इन डेट में यदि आप इनके शुभ कार्यों को करते हैं आपके लिए शुभ दिवस रहेंगे तो दो तारीख तीन तारीख उसके बाद नौ तारीख दस तारीख पंद्रह तारीख अट्ठारह तारीख बाईस तारीख चौबीस तारीख सत्ताईस तारीख उनतीस तारीख ये आपके लिए शुभ दिवस रहेंगे आप लोग इनमें यदि किसी कार्य को करते हैं तो आप सफल होंगे अशुभ दिवस में जाते हैं प्रतिकूल दिवस में जाते हैं तो पाँच तारीख छः सात आठ ये तारीख आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी दूसरा तेरह तारीख सत्रह तारीख उन्नीस तारीख चौबीस तारीख छब्बीस तारीख अट्ठाईस तारीख इन दिवसों में आपको विशेष रूप से सावधान रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं इस माह के लिए सर्वथा आपके लिए शुभ कलर कौन कौन सा रहेगा तो पहले नंबर पर इस माह में आपके लिए येलो कलर पीला रंग शुभ रहेगा क्यों रहेगा देवगुरु बृहस्पति भाग्र के घर में आ रहे हैं बृहस्पति का कलर क्या है येलो कलर के हैं तो पीला रंग सर्वथा शुभ के लिए रहेगा दूसरे नंबर पर सैफ्रॉन कलर जो केसर का कलर होता है ये कलर रहेगा उपाय क्या करना रहेगा आपको तो देखिए शुभ फलों में वृद्धि के लिए कोशिश कीजिए प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय मंत्र की आपको जपनी रहेगी दूसरा प्रयोग आपको यह करना रहेगा कि भाई आप 17 तारीख तक ही सूर्यदेव को अर्घ दीजिए लेकिन सुबह जल्दी उठिए सूर्यदेव को नित्य अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए तीसरे उपाय पर बढ़े दर्शकों को बताना चाहेंगे कि फिर भी यदि आपके जीवन में घोर निराशा है आपके जीवन में कष्ट है तो एक बार आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे जरूर करवाइए प्रयास यही रहेगा कि हम आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही है कुछ हद तक की कम कर सके आदित्य हृदय जी के बत्तीस कि यह मिलेगा कहा तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर दुर्गा जी के 32 नाम है आप वहां से उसको कॉपी कर लीजिए सटरडे के दिन शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर आपको जलार्पण करना रहेगा दशरथ में शनि स्रोत का आपको पाठ करना रहेगा और सायकाल एक सरसों का दीपक चौमुखी दीपक आपको पीपल के वृक्ष पर जलाना रहेगा यह प्रयोग करिए यकीन मानिए दर्शकों कि यह प्रयोग करने के बाद ये माह आपका बहुत अच्छा रहेगा वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है आप लोग हमारे चैनल की प्ले में जाकर के देख सकते हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम मेष राशि के जातकों नवंबर माह का ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए इस वीडियो को लाइक कीजिए नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना आइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए हमें फॉलो कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार